जय हिन्द देखिये उन्नीस में जन्मे व्लादिमिर पुतिन कि पूरी जीवन को समझते हैं कि वो कैसे इतने शक्तिशाली हो गए और किस तरह से जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था वो रूस के जैसे विशाल देश पर इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति रह गया देखिए व्लादिमिर पुतिन का जन्म उन्नीस में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था इनके पिता सोवियत संघ में एक नेवी में अपनी सेवा देते थे उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है जैसे आज इसराइल में है पर तो ये नेवी में सर्व करते थे और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में भी ये पढ़ने में उस समय एक साधार विद्यार्थी थे उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 सौ पचहत्तर में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए जहां पे इन्होंने भी अपना रोल निभाया इनकी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया जब 1989 में जर्मनी रूस के खिलाफ होने लगा जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था ये जर्मनी और रूस में आधे जर्मनी जर्मनी के बीच में एक दीवाल चलाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवाल इस साइड का हिस्सा रूस से प्रभावित था और इस साइड का हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था लेकिन जर्मनी में ये जो बर्लिन की दीवाल थी ये तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा था इसमें के के देखते देखते इस प्रभाव था वह अब प्रभाव, प्रभाव खत्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं खराब होती गई रूस की जो उस समय का नेतृत्व था रूस को संभाल नहीं पाया और एक के बाद रूस में क्रांति बढ़ने लगी और रूस जो था उस समय सोवियत संघ हुआ करता था पूरा नाम यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसमें पंद्रह देश होते थे या पंद्रह देश 1991 यानी उन्नीस सौ इक्यानवे में बिखर गए इसमें से कौन कौन से देश बिखरे एस्टोनिया लातिविया लिथुआनिया यूक्रेन मोल्डोवा बेलारूस जार्जिया आर्मेनिया अजरबैजान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकस्तान तुर्गमेनिस्तान उजबेकिस्तान नक्शा की क्लास में आप सब लोग को याद करा दिए थे तो बच्चों का चीज़ है ये सब दुनिया के किन देश कहाँ पर तो ये तो आप सब लोग को पता ही है तो टोटल यूएसएसआर पंद्रह भागों में टूट गया जिसमें सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस जबकि इसके जितने जो छोटे-छोटे देश देश थे 15 टूट गए जिसमें यूक्रेन भी रूस से ही टूटा था 1991 के दशक के समय उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गर्वाचौक मिखाइल गर्वाचौक सबसे लोल राष्ट्रपति रहा था पूरे रूस का इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए वहीं तालिबान उदय हुआ और फिर वहाँ से भागना पड़ा ये उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई ये उनको भी नहीं कंट्रोल कर पाए और फाइनली उन्नीस का यूएसएसआर का बिखरा हो गया ये सब भी मिखाइल गरवा के समय हुआ इन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा और उसके जगह पर आए थे बोरी सियलसन से लोगों को उम्मीदें थीं लेकिन बोरिसन जो थे महापियक्कड़ आदमी था ये जहां तहा पीने लगता था बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था स्टेज पे गया लेकिन अनाचनिया के साथ ये नाच रहा है बताइए राष्ट्रपति नाचेगा जिस वजह से इसका विरोध होने लगा बोरिसन जो थे ये सोचे थे कि रूस जो एकदम सरकारी तंत्र में फंस चुका था क्योंकि वहां उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा और आप भारत में देखिए सरकारी चीज में जहां गए जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल फैक्ट्री में जाएंगे सरकारी फैक्ट्री तो आपको फील हो जाएगा तो इन्होंने इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है तो प्राइवेट को आगे बढ़ना पड़ेगा तो धीरे धीरे न करना चाहिए इन्होंने क्या कि सरकारी मशीनरी को धीरे धीरे बंद करना चालू किया प्राइवेट को आगे बढ़ना चालू किया इस वजह से जो पहले से अर्थव्यवस्था थी जो चल रही थी वो भी नहीं चल पाई और दूसरा क्या हो कि लोगों के अंदर रोजगार जाने लगा जिस वजह से इनका भी विरोध वी होने लगा येल्सन का हालांकि येल्सन जो उम्मीद लाए थे, थे और यही एंट्री होती है व्लामीर पुतिन की ये साल हो जाता है उन्नीस सौ जब रियोसाट टूटा पुतिन लेनेंट कर्नल बन चुके थे मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है के मेयर थे एंटोली और यहीं से कहानी शुरू होती है पुतिन व्लामी जैसे यह डिप्टी मेयर बनता है वहां के जितने करप्शन थे उस सबको खत्म करने लगता है व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगता है यह परिवर्तन सड़कों पर दिखने लगती है और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पूरी तरह से रूस का सबसे बड़ा शहर था वहां से एक नाम उभर के आता है कि एक नाम व्लादिमिर पुतिन जिसने सबको सुधार दिया जिससे कि लोग वहाँ के प्रभावित होते हैं लेकिन एक शहर पे कितना काम कर दीजिएगा नेशनल लेवल तक उतना नहीं पहुँच पाता उन भी इक्यानवे के समय जब मीडिया उतना ज्यादा नहीं था लेकिन इसकी नजर जब व्लादिमिर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पावरफुल एडवाइजर हुआ करते थे राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे उस समय उनका नाम था वेलेंटीना या ये वेलेंटीना थे इनकी एक विशेषता थी कि ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे बोरिस वेल्सन उनके ये दामाद थे तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही दामाद है तो कितना पहुंचोगा तो ये जो थे वेलेंटीना या वेलेंटीना यामासो जो थे इन्होंने पुतिन को बुलाया और उनको न क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका बोरिस योल्सन का इस तरह से पुतिन और बोरिस बोरिसन की दोस्ती हो गई ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आया और बोरिस बोरिसन इन पे बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रपति बोरिस बोरिसन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को खत्म करना कभी बोल्ड स्टेप्स लेना इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस पुतिन को देने लगे जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा और इसी दौरान बोरिस योलसन अपने शराबीपन के वजह से जहां तहाँ नाच देने के वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे जिसे भरपाई करने के लिए उन्नीस में उन्नीस इधर भारत में करगिल की लड़ाई चल रही थी और उस समय उन्नीस में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमिर पुतिन को वहाँ पे प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर नहीं है वहाँ सारा पावर राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन तो यहाँ से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था वो सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे क्योंकि वहाँ सारा पावर राष्ट्रपति के पास था इसने दिमाग लगाया रूस का जो ये वाला एरिया है नीचे का एरिया रूस इतनी तो पूरा बड़ा है मॉस्को से नीचे का ये एरिया है इसका नाम है चेतन्या ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था क्योंकि उन्नीस में पंद्रह देश टूटे थे तो चेतन्या कहता था, था हम भी टूटना चाहते हैं तो रूस ने ये व्लादिमिर पुतिन चूंकि यह खुफिया एजेंट था इसने दिमाग लगाया उसने कहा कि ये काम करते हैं इन्हीं को फंसा देते हैं इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया से जहां तहा बम फूट रहे थे भारत में उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल हो रहा था अटल बिहारी वाजपेयी थे और देखते देखते एक महीना अगस्त अगस्त से सितंबर उन्नीस सौ निन्यानवे में रूस के शहर मॉस्को राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे इस ब्लास्ट में कहीं दस आदमी मारा जाता है कहीं दो आदमी मारा जाता है ऐसे करते करते मास्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे वो चाहते थे चेचन्या रा से एकदम तबाही किया जाए अब सोचिए याद कीजिए दो जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था हमारे सिपाही शहीद हुए थे तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को यही चाहता था वहां पर पुतिन भी पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को और यही हो भी गया तीन सौ लोग जब मरे एक महीने के अंदर तो संभालो इस तो इसने क्या किया पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर, या पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है अब मारा जान बुझ के चेतन में देखिए जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था पुतिन फोड़ा था ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था और उसी ने घुस घुस के मारा चेतन्या में वहाँ के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेतन्या को और वहाँ के लोगों को भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर और अस्सी हजार लोगों को मार दिया पुतिन कितना खतरनाक है ये पुतिन अस्सी हजार चेतनया के लोगों को मार दिया खुद ब्लास्ट कराया मास्को में इल्जाम लगाया चेतनया पे और घुस के मारा अस्सी हजार लोगों का पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया पूरे रूस के लोगों ने देखा कि जो उनके घर में 300 को मारा है पुतिन ने घुस के अस्सी को मारा है ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई दो में जो पुतिन प्रधानमंत्री था वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा और बोरिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन पुतिन का सपना पूरा हो गया रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी पुतिन सन दो में चुनाव जीते और दो में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार दो बार तक राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो चार साल का रहेगा जैसे भारत में पांच साल का है, लेकिन रूस में चार साल का अमेरिका में भी चार साल का ही होता है वहां का भी राष्ट्रपति का चार साल होता है तो पुतिन राष्ट्रपति बने दो हजार सन दो हजार से दो हजार चार के लिए इस दौरान इनको पता था कि हमारा जो पहला ट्रेन्योर है वो चार साल का है इसमें अच्छा काम करना है तो इन्होंने क्या किया दो सन दो से 2004 के बीच में अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति किया अब चूंकि ये खुफिया एजेंट थे इसलिए इनको हर जानकारी थी और पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल को बैठाया और क्रेमलिन पर अपना दबदबा मजबूत किया जैसे भारत में संसद होता है अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है उसी तरह रूस में क्रेमलिन होता है यहीं पर राष्ट्रपति रहते हैं और पूरा दबदबा बनाया अधिकारियों के बीच में और जबरदस्त काम किया अपने पहले टेन्योर में रूस की जो जीडीपी थी वो 93 परसेंट की रफ्तार से बढ़ी थी लोगों को लगता था कि भगवान मिल गया पुतिन को लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी था उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में सन दो से दो के बीच में एक टेन्योर हो गया चार साल का ही होता है दूसरा टेन्यर उन्होंने पूरा किया दो से दो के बीच में अब यहाँ तो हो गया रूस के शत के हिसाब से आप दो बार से ज्यादा नहीं रह सकते राष्ट्रपति इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया देखिए दो बार तो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए प्राइम मिनिस्टर और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जीतवा दिया जिसका नाम था देमेत्री महदेव देमेत्री महदेव ये कहने के लिए दो से दो के बीच में राष्ट्रपति थे ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे और उसी दौरान ये क्या थे प्रधानमंत्री ये इतना साहसी इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमिर पुतिन ने किया अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है तो दो लगातार हो गया उसके बाद एक बार के लिए इसको वहीं दिया जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन अब क्या हुआ पुतिन फिर दो में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी तो दो से दो के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे और जब ये राष्ट्रपति तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है खेलवाड़ करके रखा है इंसान देश के साथ तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया 2016 में फिर चुना हुआ क्योंकि चार साल पे होता है 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने और दो में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा दो तक राष्ट्रपति रहेगा अब दो तक कुछ सोचना नहीं है पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे कोई कितन कर ले ये है रूस का पावर पुतिन में पुतिन बहुत ही जबरदस्त रहा पावर के मामले में पुतिन अपने पहले कार्यकाल अर्थात सन 2000 से 2004 के बीच में इस कार, इस समय पूरा ध्यान अपने देश पर दिए थे लेकिन जैसे दूसरा कार्यकाल हुआ खतरनाक काम करना पुतिन ने चालू किया इसने क्या किया दो में जार्जिया पर हमला कर दिया क्योंकि जार्जिया उन्नीस में सोवियत संघ से ही टूटा था उसके दो क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया 2011 में इसने लीबिया पर आक्रमण कर दिया और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हालांकि नहीं बता पाए वहां पे उसके बाद 2014 आया 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिए 2015 में सीरिया में गिर रहे सरकार बसर अल बसरसद की सरकार को बचा लिया 2022 आया फिर पूरी तरह यूक्रेन पर हमला कर दिया पुतिन खाली नहीं बैठते क्योंकि इनको पता है की जब तक अंतरराष्ट्रीय विवाद होते रहेगा देश की जनता कभी अपने सरकार से सवाल नहीं पूछेगी यही फॉर्मूला अपनाया था चीन ने भी चीन के माओ सरकार के जब सरकार गिरने वाली थी तो उसने उन्नीस में भारत पर हमला कर दिया बिना मतलब क्योंकि जब देश की सेना हमला करती है तो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं कहते हैं जो भी सरकार है बस हमें जिताओ ये बात बखूबी जानते हैं व्लादिमिर पुतिन इसलिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने अगल बगल वाले देशों से हालांकि बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी हैं तीन की कई सारी पावर है लेकिन उनमें तीन सबसे ज्यादा पावर हिंसा है इनके पास पूरी तरह से एक साइबर आर्मी है हाइकिंग पे बहुत जबरदस्त करते हैं यहाँ पर इतना बड़ा हाइकिंग आदमी है आर्मी है इनके पास कि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में भी इसी भाई का योगदान था यहाँ पर इतनी बड़ी इसकी हाइकिंग आर्मी है साइबर पूरी तरह आर्मी रखा हुआ है इनके विरोधियों कब गायब हो जाते हैं कब मरा जाते हैं किसी को पता नहीं इनके विरोधी के ऊपर कभी छापा पड़ जाएगा कभी पुलिस उठा ले जाएगी कभी इनकाउंटर हो जाएगा कभी मरा जाएंगे कोई इनका विरोध नहीं कर सकता है और पूरी मीडिया पुतिन की गुलाम है किसी भी टीवी चैनल को देखिएगा बस हमारे राष्ट्रपति ऐसे ये खाए वो सोए ये किए वो के तीन रात उसी के चलते रहता है ये तीन चीजों के बदौलत 2000 सन दो से लेके आज 2022 तक यानी 22 सालों से पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ अब वो 2036 तक रहेंगे यहाँ पर 2036 तक वो वहाँ पे राष्ट्रपति रहेंगे पुतिन की लाइफस्टाइल भी गजब है कभी ये घोड़सवारी करने लगते हैं तो कभी मछली पकड़ने लगते हैं कभी भालू पे चढ़ के घूमते हैं तो कभी तैराकी हो जाती है इनके सबमरीन में भी अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये केजीबी के सदस्य थे तो इन्हें हर चीज पता होती है इनके पूरी लग्जेरियस फ्लीट है जहाजों की जाते हैं तो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं और ये KGB के के सदस्य थे खूफिया जानकार थे तो फाइटर प्लेन भी चला लेते हैं हर तरह के जहाज बंदा उड़ा लेता है हर तरह का जहाज व्लादिमिर पुतिन वहाँ पे इनके पास बहुत ही महंगी याट है कहा जाता है कि ये इलोन मस्ट से भी अमीर है हालांकि जितने राष्ट्रपति वो लोग होते हैं इनके पास अमीरी से ज़्यादा पावर होता है यहाँ पर पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ये ब्लैक बेल्टर है कराटा से स्नाइपर है इनकी गोली की निशान बहुत बेहतरीन है कई बहुत सारे सातिर भी हैं दिमाग के यहाँ पर इनका ये जो वा, क्रेमलिन वाक है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था पुतिन का देखिए इन सब के साथ पुतिन का एक ऐसा सच भी है जो दुनिया को से छुपाया जाता है या फिर यूं कह दीजिए कि यह सच एक ना एक दिन पुतिन को झेलना ही पड़ेगा पुतिन को कहा जाता है कि एबडोमिनल कैंसर है पेट का खैर उसका ये इलाज करा लेंगे लेकिन इन्हें पार्किसंस बीमारी है पार्किसंस बीमारी एक तरह का लकवा होता है पार्किसंस बीमारी लकवा होता है शरीर धीरे धीरे दिमाग काम करना छोड़ देता है उस अंग पे धीरे धीरे दबाव होने लगता है वो अंग काम नहीं करता है आप पुतिन को देखिएगा तो हल्का झुक के बैठेंगे कभी बैठेंगे तो इस टाइप के झुक के ये पार्किसंस बीमारी है और इनका शरीर अब उतना काम नहीं करता इसलिए जब बैठेंगे तो टेबल कुर्सी को बहुत जोर से पकड़ के बैठते हैं कभी भी देखिएगा पुतिन को जब भी इंटरव्यू देते तो हल्का सा ऐसे झुके हुए रहेंगे पार्किसंस बीमारी की वजह से देखिएगा टेबल पकड़ के देखो भाई यहाँ पे टेबल को बढ़िया से पकड़ के बैठे अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए सेना पर दबदबा बनाने के लिए तथा पर्सनैलिटी में झूरियों को दूर करना चाहते हैं झूरियों को दूर करने के लिए इंजेक्शन से इसके अंदर बोटोक्स भर दिया जाता है और ये बोटॉक्स उन झूरीओं को ख़त्म कर देता है इसलिए देखिएगा पुतिन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी अगर आप यंग एज का देखिएगा या फिर अभी का देखिएगा ये आप सोच सकते हैं सत्तर साल की उम्र का फोटो है ये सत्तर साल की उम्र का और यंग एज का भी देखेंगे तो उतना खास चेंजिंग नहीं आएगा चेहरे पर उतनी सिकन देखने को नहीं मिलती है बोटोक्स की वजह से लेकिन यूक्रेन की लड़ाई में प्रतिबंध लगा दिया गया बोटॉक्स के ऊपर अभी भाई को बोटॉक्स नहीं मिल रहा है तो बूढ़ा दिख रहा है यहाँ पर लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बोटॉक्स का इंतजाम एक राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है नॉर्मल बात होती है आई होप आपको टॉपिक समझ में आ होगा और आप सभी लोग का तह दिल से धन्यवाद थैंक यू आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया आप लोगों का आज हमारा चैनल सोलह मिलियन हो गया आप लोगों की कुछ शिकायतें भी रहती हैं कि सर वीडियोज़ रेगुलर नहीं आते हैं देखिए जिस तरह का कंटेंट रहना होता है उसमें काफ़ी टाइम लगते हैं दूसरा सुबह से क्लास लेना रहता है तो बच्चों को भी कैसे छोड़ सकते हैं तो वही मेरे लिए समस्या ये हो गया है बचपन से लेकर बचपन तक के लोगों की उम्मीदें रहती हैं तो सबको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है लेकिन फिर भी अब हम कोशिश करते हैं कि अब आपके लिए के लिए के वीडियोस रेगुलर ला सके आप पर आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने चैनल को 16 मिलियन पहुंचा दिया अभी हम लोग फिर देखेंगे कैसे बना यूएसएसआर कैसे टूटा और रही बात क्लासेज की तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे हिस्ट्री ऑन गोइंग चल रहा है एनडीए वाला भी बैच ऑन गोइंग है यहाँ पर जितने भी बैचेज हैं उसमें रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है आप सब लोग बैचेज से जुड़े रहिएगा मन लगा के पढ़ाई कीजिए माँ बाप के सपना को पूरा फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद 16 मिलियन पहुंचाने के लिए आई होप आप समझ गए होंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद